बोला रहे डर होना चाहिए और वो दिल में होना चाहिए और वो दिल आपको उनका नए सामने वाले का होना चाहिए मैं आए कम